हेलो दोस्तों नमस्कार कैसे हैं आप सब लोग आशा करता हूं आप लोग सब अच्छे होंगे और भविष्य में आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे रहें सभी का सहयोग करते रहें YouTube पर तो दोस्तों आज एक छोटे से वीडियो लेके आया हूं जो कि एक छोटे से बच्चे ने YouTube पर वीडियो को देखा और उसके मुताबिक कुछ बनाने की कोशिश की तो चलिए देखिएगा छोटी से वीडियो ये देखिए दोस्तों हमारे छोटे से बच्चे आयुष ने एक ट्रक बनाया डंपर बनाया बना रहा है अभी अभी बना रहा है तो देखिए आप इसको या आगे शीसा हो गया और या आगे इसका बोनट हो गया तो आयुष आप बताएं आपको किसने बताया ये वेरी गुड अच्छा आप सोचते हो अच्छा बनाते, बनाते हो अब जैसे आयुष ने देखे पूरी कोशिश की अपनाने की ऊपरी ट्रॉली अपनाई है टायर भी देखो कैसे उसने टायर लगाए हैं वेरी गुड और पीछे से बल्ब दिए हैं अगर आप देख पा रहे होंगे दे तो देखें दो बल्लब इस साइड दो बल्ब वो साइड बहुत ही सुंदर इस बच्चे ने इस पे काम किया देखें दोस्तों दूर से देखें तो कितना अच्छा लग रहा है आगे आप क्या सोच रहे हैं फ्यूचर में आगे क्या करना चाह रहे हैं वेरी गुड लेकिन अभी तुम्हारी ये लगन है कि मैं ट्रक जैसी कुछ चीज़ें या कार जैसी चीज़ें बनाना चाहता हूँ हाँ मेरे हर कुछ सीखने का बहुत शौक है वेरी गुड कुछ सीखना चाहते हैं जैसे कि हमारे प्यारे आयुष ने सीखा ये देखें आप कितने अच्छे उससे चल रहा है वेरी गुड आयुष आप ऐसा करते रहें ठीक है हर कोशिश को कामयाबी की तरफ लाते रहें जो आपके मन में आता है वो करो ताकि आप आगे बढ़ें अच्छे अच्छे कार्य करें ठीक है भटिया ओके गुड बाय थैंक यू देखा जाए तो कितना दिमाग उसने लगाया इस बच्चे ने टायर के ऊपर का एक कब्र भी उसने बनाया है चारों टायरों को कवर किया हुआ है कबर ताकि कहीं से भी किसी के ऊपर खिचड़ ना हो चले बहुत ही समझदारी से इस बच्चे ने ये काम किया और कितना सुंदर ये ट्रक बनाया हुआ है सामने से देखें तो ये बल्लब भी ड्रॉप किए हुए हैं वैसे उसके पास थे नहीं लेकिन उसने ड्रॉप किए हुए हैं तो दोस्तों बच्चों को हमें हर चीज़ में टोकना नहीं चाहिए जो हमें लगता है कि बस बच्चा जो हमारे अच्छी तरह अच्छे रास्ते पर जा रहा है अच्छा काम कर रहा है तो उसमें हमें उसका सहयोग करना चाहिए और उसका साथ देना चाहिए ताकि बच्चे आगे भविष्य में बढ़ते रहें और अच्छे अच्छे कार्य करते रहें तो दोस्तों ये छोटी सी वीडियो थी ज़रूर लाइक कमेंट करें चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर शेयर भी करें धन्यवाद आप सभी का थैंक यू इसी तरह की वीडियो मैं आगे लाता रहूँगा आपके लिए